शाम की भीनी भीनी याद की सुनहरी फरियाद हो तुम मधोश हो चुकी धड़कनों की चुपकी सी तन्हाई हो तुम गुनगुनातीधेरी रात की कोई छिपी चादनी हो तुम सांसों में बेचैनियों की तड़पन का एहसास हो तुम खामोश भरी निगाहों की मोहब्बत से लिखी किताब हो तुम मेरे पाक दिल की पुराण रूपी इबादत हो तुम बारिश में ओस के बूम की अखलाती कशिश हो तुम खुदा की बनाई खुद की पाकिरत हो तुम सिर्फ तुम